जिंदगी में याद रखना आज का जो स्टेज है आज की जो प्रेशियस टाइम है ये खत्म होने वाले हैं। जिंदगी में एक ऐसा टाइम आएगा के आपका नाम मिट जाएगा आप जिस स्टेज में आज है कल इसी स्टेज पे कोई और लोग आ जाएंगे आप यहाँ पे नहीं होंगे आप जिंदगी के किसी दूसरे स्टेज पे होंगे तो यहाँ पे लोगों के पास नए आइडियाज आ जाएंगे नए ख्यालात आ जाएंगे नए नए अफकार आ जाएंगे लेकिन आपका जो सीट था वो आपने अगर एम टी चोड़ा जोन में चोड़ा और कुछ एक्सप्लोर नहीं किया तो जब आगे जाओगे और फिर स्ट्रगल करोगे फिर जब आपके पास मुश्किलात आएंगे, आपकी ज़िंदगी में एक्सप्लोरेशन तो नहीं थी तो आपके ऊपर जितने भी मुसीबतें आएंगी उसका विक्टम आप खुद ही होंगे और उसका रीज़न भी आपकी वजह से बना होता है और उसी का रिस्पॉन्सिबल भी सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं सोसाइटी सोसाइटी का ऊपर कोई नजर नहीं नहीं होता और आप के लिए फिर कुछ भी नहीं कर सकती तो जो इंसान जिंदगी में अभी से एक्सप्लोर करे इस टाइम को एक्सप्लोर करे जब नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा तो उसी एक्सप्लोरेशन को लेके वो और एक्सप्लोर करेगा और आगे जाएगा नए ख्यालात पे नए राय कायम करेगा क्योंकि दुनिया में जितने भी बिलीव सिस्टम्स हैं उसका एक ही मकसद है और इंसान को एक ही चीज़ का दर्ज देता है और वो है लाइफ को एक्सप्लोर कर लेना लाइफ में नए नए चीज़ों के, के बारे में जान लेना और लाइफ को नए रास्तों पे गामजन कर लेना तो लाइफ में एक्सप्लोरेशन आज और इसी वक्त से कर लेना चाहिए कल का इंतज़ार कर लेना आज का जो प्रेशियस टाइम है ये वेस्ट कर लेता है और जब आज की प्रेशियस टाइम वेस्ट हो गई कल जाके आप वही एक्सप्लोरेशन वही नए रास्ते कभी नहीं ढूंढ सकते जो आज आप ढूंढ सकते हैं शुक्रिया